तो हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका इस चैनल में जो ख़ास मैं बिहारी लोगों के लिए बना रहा हूँ क्योंकि अक्सर मैं देख रहा हूँ कि बंगाल में 37 परसेंट लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और गुजरात और महाराष्ट्र में 97 सेवन परसेंट आदमी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमारे बिहार में सिर्फ और सिर्फ तीस परसेंट ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे कर रहे हैं ऐसा क्यों सिर्फ और सिर्फ जानकारी ना होने के वजह से तो आपको मैं कुछ ऐसी जानकारी जो सिंपल में अपनी भाषा में आपको देने वाला हूँ तो सुनिए और ऐसा नहीं कि मैं अपने अनुभव या अपने मैं इन्वेस्ट करता हूँ कि नहीं करता हूँ उसके इससे बोल रहा हूँ नहीं मैं आपको बिथ प्रूफ प्रूफ में बताऊंगा और आपको समझा भी दूंगा कि कैसे क्या होता है स्टॉक मार्केट सुनिए जैसे कि हमारे गांव देहात में आदमी या बिहार के ज़्यादातर एरिया तो सिर्फ गांव ही देहात है टाउन एरिया बहुत कम है तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं अपने बुढ़ापे के सहायता के लिए या बुढ़ापा के अपने कुछ बचत या सेविंग के लिए क्या करते हैं कि कहीं पर पैसा ऐसा जगह छुपा के रख देते हैं किसी किसी को मिले ना कि गाड़ के रख देते हैं और कोई थोड़ा मोरा अगर पढ़ा लिखा है तो वो भागते हैं सिर्फ और सिर्फ एल आई सी के तरफ और एल भी ऐसा ही होता है जो एजेंट होता है हमारा वहीं का कोई लोकल ही होता है या थोड़ा दस पंद्रह किलोमीटर हट के होता है लेकिन वो क्या करता है एलआईसी का पैसा तो लेता है लेकिन जमा करता है कि नहीं करता है बाई चांस किसी समय वो रसीद देता है किसी समय नहीं देता है और गांव के आदमी भोले वाले तो होते ही हैं उनको तो यही बात बोला जाता है कि हाँ भाई मैंने जमा कर दिया आपका रसीद आने वाला या फल्हाँ दिन दे दूंगा या कल दे दूँगा तो ऐसे होते होते टाला जाता है तो बहुत से ऐसे एल एजेंट एजेंटों ने ऐसा काम किया खुद मेरे साथ बिताया दोस्तों तो उसके बाद मैं धीरे धीरे मुझे समझ आया कि मैं उसमें मैं पैसा इन्वेस्ट ना करके बल्कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करूं तो इस इन स्टॉक मार्केट का मैं थोड़ा अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूं तो दो लाख रुपया अगर आप एल आई में देते हैं तो कम से कम टारगेट मान के चलिए कि 24 या 25 साल अगर आपको ज़्यादा मुनाफा चाहिए तो 24 और 25 साल उससे अगर कम अगर आप साल जमा करके रखना चाहते हैं जैसे कि 14 या 15 या 10 साल तो आपको एक हिसाब से तो वो पैसा जमा नहीं भी करने से चलेगा बेशक आप खर्चा कर लो उस समय में जो प्रजेंट समय है आपका का, कोई काम लगेगा वो पैसा लगा लो लेकिन वैसा इन्वेस्ट मत करो क्यों क्योंकि उस इन्वेस्ट के लिए उस पैसा वो पैसा आपका जमा तो हो जाता है लेकिन वो इंटरेस्ट आपको कितना देता है यानी ब्याज हम देसी ब्याज में भाषा में बोलते हैं कि ब्याज ब्याज वो कितना परसेंट देता है कम से कम कम से हद से ज़्यादा देता है वो सात या छः परसेंट चलो एक परसेंट और एक्स्ट्रा मांग लेते हैं लेकिन आठ दे सकता है तो अगर आप पचास हज़ार को आठ परसेंट से अगर जोड़ेंगे चौबीस साल के लिए तो मैं आपका हिसाब निकाल के बताता हूँ पचास हजार गुना अगर हम आठ ही परसेंट से अगर कर लेते हैं तो हमारा हिसाब बैठता है चार हज़ार रुपया शेयर प्राइस ये भी प्रो एक कंपनी है केमिकल कंपनी ये बहुत से के मतलब सामान मैन्युफैक्चर करता है तो इसमें हम देखते हैं कि इसका मोर जहाँ पे ऑप्शन है उस पर हम क्लिक करते हैं और उस पर क्लिक करके मैक्सिमम पर इसको ले आते हैं मतलब जब से ये कंपनी शुरू हुई है और आज तक मतलब इसने कितना कमा के दिया है तो इसका हम देखते हैं तो सबसे पहले तो ये हम ये ऊँचाई पर ले चलते हैं इसको जो हरारा डॉट है इसको हम ऊंचाई पर लेके चलते हैं तो यहाँ पर दिख रहा है हमें छः ये सात सात सौ तक भी पहुँचा था दोस्तों तो ये पाँच सौ अन्था, और इधर होते होते होते होते हम यहाँ तक इसको लेके आते हैं तो ये देखिए दोस्तों 1999 यानी दो ईस्वी से पहले 1999 तक ये शेयर था तेरह रुपया अस्सी पैसा तो तेरह रुपया अस्सी पैसा के हिसाब से हम अगर काउंट करें तो हमारा हिसाब आता है तो वही पैसा देखिए दोस्तों तेरह रुपया अस्सी पैसा गुना अगर हम उनचालीस सौ छप्पन करते हैं तो पाँच सौ पैंतालीस रुपया आया जो अभी इसका करेंट प्राइस है जो अभी इसका प्राइस जो चल रहा है ये प्राइस है तो हमें इसका परसेंटेज कितना मिला उनचालीस परसेंट समझ सकते हैं दोस्तों आप उनचालीस परसेंट का आप मतलब समझते हैं मैं आपको ये पचास हज़ार जो मैंने लिखा है ये पचास हज़ार को अगर हम उनचालीस परसेंट के हिसाब से अगर काउंट करते हैं तो देखते हिसाब कितना निकलता है पचास हजार गुना उनचालीस सौ छप्पन बराबर तो हमारा पैसा आ जाता है उन्नीस लाख अठहत्तर हजार ये देखिए दोस्तों अगर हम एलएसी में पैसा 50,000 जमा करते हैं तो 8% के हिसाब से हमें मिलता है कितना चार हजार सिर्फ और सिर्फ चार हजार चार हजार यानि हमारा पैसा यहाँ जमा कितना होगा उस पैसा में हमें चार हजार प्लस करना पड़ेगा बस उतना ही पैसा हमें मिलेगा बीच में ये, ये इसी चीज़ का फ़ायदा हमें देता है दोस्तों कि बीच में हमें मान लीजिए कि आप बीमार पड़ गए बड़ा बीमार कुछ बड़ा बीमारी हो गया या आपकी मृत्यु हो गई या एक्सीडेंट केस हो गया तो उसमें आपको ये पैसा देती है लेकिन ज़रूरी नहीं है ना दोस्तों कि हर किसी का एक्सीडेंट ही हो तो इसीलिए एल खोला जाता है और एल ने यही स्कीम चला के अपना बिजनेस कर रही है तो लेकिन हमें दोस्तों उस पर ना जाके अगर हम वही पचास रुपया अगर हम इसमें अगर जमा करते हैं ये विप्रो शेयर में विप्रो शेयर का नाम मैं नाम भी लिख देता हूं विप्रो शेयर देखिए दोस्तों ये पचास हज़ार रुपया अगर हम जिस समय तक हमें इसमें हमें ये परसेंट मिलेगा वही समय हम अगर पचास हज़ार रुपये इस शेयर में अगर जमा करते हैं तो हमें पैसा मिलेगा कितना यानी उन्नीस लाख अठहत्तर हज़ार कितने सालों में वही चौबीस सालों में और वही चौबीस सालों में हमें ये कितना रुपया देगा सिर्फ़ और सिर्फ चार हजार. तो मान लीजिए न दोस्तों कि उस समय थोड़ा सा महंगाई हमारा बढ़ सकता है तो परसेंटेज कुछ ज़्यादा देते दे. तो हमें इसका दुना दुना मिल सकता है शायद आठ हजार मिल सकता है जो हमारा पैसा जमा होगा पचास हजार और उस पर ये आठ हजार रुपया प्लस कर देगा बस हमें उतना ही पैसा मिलेगा और हमें इस पे कितना मिल सकता है इतना मिल सकता है तो आप विचार कीजिए दोस्तों आप किस में पैसा लगाना चाहते हैं और दोस्तों अगर हमारे बिहार के अगर सभी आदमियों को अगर ये समझ आ जाए कि एल क्या है और शेयर मार्केट क्या है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि बिहार के आदमी नाइन्टी नाइन परसेंट क्या हंड्रेड परसेंट ही शेयर बाजार में उतरेंगे और सभी के सभी इतना धमाल करेंगे इतना प्रॉफिट कमाएंगे तो हमारे बिहार को बहुत आगे ले जा सकते हैं और हाँ दोस्तों जो अगर सोचते है कि मैं आज मैं एक लाख लगाऊँगा कल मैं दस लाख कमा लूँगा या दो साल बाद बीस लाख कमा लूंगा या तीन साल बाद या छः महीने बाद मैं पाँच ही लाख कमा लूँगा तो दोस्तों आप लोगों के लिए ये वीडियो नहीं है और हाँ मैं उन लोगों को जरूर बोलूंगा कि जो एल में फंसे पड़े हैं और मैं खुद बिहार का हूँ तो मैं स्थिति जानता हूँ कि वहाँ पर क्या स्थिति है आदमी को जिस समय प्रीमियम उसका भरना भरना पड़ता है तो उसको कैसे कैसे करके सिर्फ मैं अपना प्रीमियम जमा कर लूँ मेरा प्रीमियम जमा हो जाए <coughs> सॉरी दोस्तों थोड़ा तबीयत ख़राब है तो मैं इन दिक्कतों को समझ के ही एल में पैसा ना जमा करके स्टॉक मार्केट में पैसा अगर जमा करे तो आपका ये बेनिफिट है और आप कहीं आगे बढ़ सकते हैं धन्यवाद दोस्तों